राइट भाई लोग तो आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया एप्लीकेशन आए हैं तो इस एप्लीकेशन से आप लोग मैक्सिमम सौ रुपए का पेटीएम कैश हन कर सकते हो दोस्तों कौन सा एप्लीकेशन और इसमें कैसे विड्रॉ कर सकते हैं पैसा इसे जानने के लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन दोस्तों सबसे पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां आप लोगों को एक लिंक मिलेगा उसे टच करके ओपन करना है आप लोग जैसे लिंक टच करके ओपन करोगे आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर हम पहले से ही डाउनलोड करके रख चुके हैं इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना उसके बाद इसे ओपन करना है आप लोग जैसे ओपन करोगे दोस्तों आप लोगों के सामने मेगा कार्ट एप ओपन होगा लॉग इन करना है तो चलिए हम यहाँ पर लॉग इन करते हैं दोस्तों दोस्तों लॉग इन करने के लिए आप लोग यहाँ लॉग इन गूगल पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ लोडिंग होने देना है और एक जी मेल सेलेक्ट करके इसमें लॉगिन कर लेना है दोस्तों तो लॉगिन कर रहे हैं हम दोस्तों कुछ समय आप वेट कीजिए यहाँ पर री ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पर ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो चलिए हम ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आप लोग वेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पर अपना पे का फोन नंबर फिल कर देना है दोस्तों ध्यान रहे पे का फ़ोन नंबर ही फिल करें अन्यथा आपके पेटीएम में बैलेंस नहीं आ सकता है तो यहाँ पर सबमिट कर उसके बाद क्लिक करेंगे दोस्तों और कुछ देर वेट करना है आप लोग इसका इंटरफेस पर आ जाए दोस्तों फाइनली हम इसके इंटरफेस पर आ चुके हैं आप लोगों को यहाँ पर साइनअप बोनस पचास से सौ कॉइन दिया जाएगा तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पचास कोन दिया गया है दोस्तों आप लोग क्लिक नाव पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर अगर एक ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों को दो दो रुपया दिया जाएगा आप लोग तुरंत आप लोग के पे नंबर पर तो दोस्तों आप लोग अगर यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल ऐड पर क्लिक करेंगे तो हम फिलहाल इस ऐप को अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे दोस्तों तो आप लोग हम यहाँ बैग पर चले जाते हैं उसके बाद आप लोगों को और दिखाते हैं इसमें क्या क्या ऑफर दिया गया है स्पिन पर क्लिक करके आप लोग चाहें तो यहाँ पर स्पिन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डेली बीस स्पिन दिया गया है दो स्पिन हम कर चुके हैं पहले से दोस्तों तो वो चुनिए एक स्पिन करके और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पर स्पिन नाउ पर क्लिक करना है और कुछ देर वेट करना है दोस्तों यहां आप लोगों के सामने एक छोटा सा ऐड आएगा इसे कट कर देना है आप लोग जैसे कट करोगे आप लोगों के सामने स्पिन होने लगेगा और कुछ देर वेट करना है देख सकते हैं दोस्तों यहां पर पाँच कॉइन जू चुका है मेरे वॉलेट में देख सकते हैं दोस्तों साठ कॉइन हो चुका है और यहां पर ऑफर जोन दिया गया है दोस्तों आप लोग इससे और अगर तुरंत तो डाउनलोड करेंगे आकाश तो सौ कॉइन मिलेगा सिर्फ डाउनलोड करके सब ऐप को ओपन करना है कुछ ऐसा भी ऐप दिया गया है जिसे डाउनलोड करके सिर्फ छोड़ देना है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा ऑफर दिया गया है बैक पर चले जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर अगर आप इसके टेलीग्राम पर जाओगे तो और शॉक पान दिया जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल नहीं जोड़ते हैं तो दोस्तों अगर आप स्टेट दस रुपये अर्न कर सकते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे अगर इस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो तुरंत आप लोगों को हज़ार पॉइंट दिया जाएगा दोस्तों तो दिखा देते हैं आप लोगों को बहुत सारा ऑफर दिया गया है तो आप लोगों को बैग चले जाना है और अगर आप एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पचास कोइन और इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे तो भी पचास कोइन दिया जाएगा दोस्तों और यहाँ पर आप लोग एड पर क्लिक करके और पैसा अन कर सकते हैं दोस्तों इसमें मैक्सिमम पैसा तीन सौ तक अन कर सकते हैं और मिनिमम पैसा पाँच रुपये अन कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए हम विड्रो करने के लिए आप लोगों को कुछ देर वेट करना है आप लोग को को करने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर जाएंगे और माय वैलेट दोस्तों आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा आप लोग यहां पर रिडीम करने के लिए आप लोग चाहे तो अगर सौ हज़ार कॉन हो जाएगा तो डायरेक्ट यहां पर क्लिक करके वीडियो कर सकते हैं या तो यहां रिडीम पर क्लिक करना है उसके बाद कुछ लोडिंग होगा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सीम तीन तक कम कर सकते हैं और मैक्सीम पाँच सौ यानी कि पाँच तो दोस्तों हमारे पास तो अभी क्विन नहीं है तो चलिए बैग ले चल जाते हैं इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद